हेलो माय माई फ्रेंड्स क्या आपको भी मेरी तरह कभी कभी रात में देखने का शौक लगता है आप भी क्या अपने आसपास पास की चीजों को रात में अच्छे तरीके से देखना चाहते हो तो मेरी एक ट्रिक को फॉलो करना और प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना ऐसे ही और इंफॉर्मेटिव वीडियो मैं आपके लिए हमेशा लाता रहूंगा तो रात में देखने के लिए आपको दिन में एक आँख को बंद रखना है और उस जो एक आँख जो बंद है ना उसको रात में आप अगर खोलेंगे तो आप रात को भी अच्छी तरीके ऐसी देख सकेंगे